मेरा रब इरशाद फरमाता है शादी के ताल्लुक से ये आपका कन्वोकेशन है और उसी के मौजू से मुझे थोड़ी देर आपसे हम का नाम होना है रब फरमाता है हुन्ना हन्ना लिबास तुम लिबासहुन कि औरतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द, मर्द औरतों का लिबास हैं मतलब ये है कि मर्द और को औरत की ज़रूरत और औरत और को मर्द की ज़रूरत लिबास की डेफिनेशन आप जानते हैं लिबास किसे कहते हैं आप लिबास की परिभाषा जानते हैं लिबास किसे कहते हैं यूनिफॉम यानी जो कपड़ा पहना जाता है इसको क्या कहते हैं लिबास कहा जाता है तो मर्द, मर्द ये बड़ी जामे आयत है अगर इसकी आप अगर इसकी ए, अगर आप इसकी दिल नशी और आप इसकी तफसीर में अगर आप डूब जाएं तो इनशाला बड़ी गहराइयां इसमें होती हैं आप लिबास को समझने की कोशिश करें जो रब ने एक दूसरे को एक दूसरे का लिबास फरमाया हैतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास हैं अल्लाह अल्लाह अब लिबास पहनने की भी तो कुछ गरज होती है ना लिबास पहनने का भी तो कुछ कुछ मकसद होना चाहिए लिबास पहना क्यों चाहता है लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं अगर लिबास इंसान की पसंद के मुताबिक हो अगर लिबास इंसान की चाहत और मंशा के मुताबिक हो तो फिर उसको पहनने में बड़ा अच्छा लगता है हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारे लोगों को तोहफा देते हैं और शादी में भाग वगैरह के फंक्शन में अक्सर कपड़े ऐसे जाते हैं जो पहनने के काबिल नहीं होते हैं तो इंसान उसको पहनता नहीं है सिर्फ वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं हमने आपको दिए आपने आगे बढ़ा दिए उन्होंने आगे बढ़ा दिए तो मतलब क्या है लिबास मन पसंद नहीं है जब लिबास मन पसंद होता है तो इंसान उसको पहनता है अगर वो छोटा भी हो जाए तब भी उसको छोड़ना नहीं जाता है अगर वो थोड़ा टाइट हो जाए तब भी छोड़ना नहीं जाता है क्योंकि लिबास मन पसंद है इसीलिए शरीयत ने मसला गुफू रखा है यानी अगर मर्द बीबी एक दूसरे के पसंद के मुताबिक हो दूसरों एक दूसरे का मिजाज मिलता हो अगर एक दूसरे के मुसावी हो तो फिर ज़िंदगी गुजारने में बड़ी खुशियाँ पैदा हो जाती है फिर जिंदगी गुजारना बड़ा आसान हो जाता है अल्लाह अल्लाह अब एक मकसद है लिबास पहनने का मकसद यह है लिबास पहनने का सुनो सुनो मैं आपको बताना चाहता हूँ मकसद ये है लिबास पहनने का हन्ना लिबास लकों तुम लिबास लहो क्यों पहनते हैं लिबास लिबास इसलिए पहनते हैं इंसान खूबसूरत लगे इंसान हैंडसम लगे इंसान की ब्यूटी में इजाफा हो जाए इसीलिए तो लिबास नहीं पहना जाता है भाई अगर लिबास ना हो भाई अगर लिबास ना हो तो इंसान इंसान कहां लगेगा इंसान लिबास इसलिए पहनता है उसकी खूबसूरती में ज्यादी हो जाए उसकी ब्यूटी में ज्यादती हो जाए आपके समझ में तो आ रहा है ना मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी ख़ूबसूरती में इजाफा हो जाए अल्लाह अल्लाह लिबास इसलिए पहनते हैं कि इंसान की ख़ूबसूरती में ज्यादती हो जाए क्योंकि हमने देखा है मेरा भाई जब पाँच की ड्रेस चढ़ाता है तो फिर महल्ले में उससे बड़ा कोई दिखता नहीं है बड़े बड़े अब बड़े बड़े अमीरों से तो छुपता है लेकिन गरीबों को अपना यूनीफ़ॉर्म दिखाता है देखो देखो ना मेरा ये तुम्हें मेरी जो जैकेट नजर आ रही है ये ब्लैक की है क्या तुमने कभी ब्लैक नहीं पहना है, क्या तुमने नहीं किया है? जब मेरा भाई की बड़ी टहता है, है। इंसान अपने आप को समझता क्या है जब वो शूज पहनता है अगर वो शूज रिबॉक के पहन ले या रेड चीफ का पहन ले या अच्छी किसी ब्रांड का पहन तो फिर इंसान नहीं जाता है उसकी, उसकी ब्यूटी में ज्यादती होती है फिर वो गरीबों को देखता नहीं है गरीबों के सामने और पैर आगे को करके बैठता है अगर अच्छा लिबास पहन ले तो इंसान अच्छे लिबास को बार बार अपने लिबासियों से झाड़ता हुआ नजर आता है मतलब यह है लिबास इसलिए पहना जाता है कि इंसान की ब्यूटी में ज्यादती हो जाए अब आओ इस आयत को अगर इस माना से ले तो फिर आयत का मतलब क्या होगा तो अब बताना यह चाहता है जब तुम रिश्ते के रिश्ते के बंधन में बन जाओ जब तुम निकाह ऐसी मुंसलिक हो जाओ जब तुम बीबी के रिश्ते में आ जाओ तो मतलब ये है तुम्हारी जिंदगी जिस तरह लिबास पहनने के बाद इंसान की खूबसूरती में होती है, तो फिर जब तुम के पंदर में बन जाओ तो तुम्हारे जोड़े में खूबसूरती पैदा हो जानी चाहिए तुम्हारे अंदर फसादाहिए बल्कि तुम्हारा घर जन्नत का गहारा बन जाओ सुबह नारे नारे अहले सुन्नत, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा मेरे आका आजम से बोलना नहीं आता था पढ़ तो बहुत गए बहुत पढ़ गए तकरीर नहीं आती थी मुस्तफ़ा तीफ लाए अब्दुल्का पढ़ तो बहुत गए तकरीर नहीं करते तो क्यों तकरीर तबलीग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम मदरसे में सिर्फ चंद बच्चों को पढ़ा सकते हैं समझ लें लेकिन तबलीग तकरीर के जरिए ये पहले से चला रहा है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसके ज़रिए तब्लीग बहुत हो सकती है मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बेटा अब्दुल्कर पढ़ तो बहुत गए बहुत अरबी जानते हो बहुत, बहुत बहुत बड़ी बड़ी किताबों में यदि दूल्हा रखते हो तकरीर नहीं करते अर्श करते हैं या रसूल अल्लाह बोलना तो चाहता हूँ लेकिन बड़े बड़े फुसहा बुलगा यहाँ पर मौजूद हैं मैं एक अजम से ताल्लुक़ रखता हूँ इनके सामने हिम्मत नहीं होती मेरे आका ने इर्शाद फरमाया क्या तकरीर करना चाहोगे या रसूल अल्लाह आपका कर्म हो जाए तो फिर क्यों नहीं या रसूल्ला आपका गर्म हो जाए तो फिर क्यों नहीं यार रसोल्ला आपकी इनायत हो जाए तो क्यों नहीं आपकी इनायत पेड़ों को होती है तो उन्हें वो पैरों पे, के बल मुस्तफ़ा की बारगाह में चल के आ जाते हैं अगर आपकी इनायत अबू जहल की मदमुट्टी में हो जाए तो कंकरियाँ कलमा पड़ती हुई नज़र आती हैं अगर आपकी इनायत टूटी हुई हड्डी की तरफ हो जा मुस्तफ़ा अपना लुआबे दहल लगा दे टूटी हड्डी जुड़, जुड़ जाती है या रसूल्ला आपकी इनायत जिस तरफ हो जा वो जमाने में मुमताज़ हो जाता है या रसूल्ला कोई जानवर बोल लेकिन जानवरों की तरफ तोज्जो कर दे तो जानवर बोलने लगते हैं यार लोग खा सकते हैं लेकिन खत्म होने पर नहीं आती है, है। कि इतने लोगों को बुला लाए हो मेरी इंसल्ट हो जाएगी थोड़ी सी रोटियां हैं मेरी तो बड़ी बेजती हो जाएगी मेरे मुस्तफ़ा ने इशाज फरमाया लेकिन जाबीर की बीबीओ ने भी कहा था शोहर परेशान होने की जरूरत नहीं है जो नबी बुलाकर ला रहे हैं खिलाएंगे भी वही जो मुस्तफ़ा बुलाकर ला रहे हैं पेट भी वही भराएंगे मेरे मुस्तफ़ा ने लुहाे दहल लिया थोड़े से आटे में डाल दिया और फिर हजरत जाबिर की बीबी रोटी बनाने लगी मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, यहीं रुक जाओ, अब तुम्हारे बस की नहीं है रोटियां बना लो यार रसूल्ला क्या करूँ आका ने इर्शाद फरमाया जितने महल्ले की औरतें सबको बुला लो अब सब रोटियाँ बनाएंगी यार ये कैसा मोमा है थोड़ा सा आटा है जिसको चंद लोग खा सकते हैं अल्लाह अल्लाह महल्ले की सारी औरतें बुला ली गई अब रोटियां, बना रही है। रोटियां चल रही है जो इमाम हुसैन गए सबराल के साथ आप खड़े रहे वो कमाल क्या था मेरे आता हुसैन के हलकूम में मुस्तफ़ी का लुआबे दहन था वी आजम कहते हैं यार रसूल्ला आपकी इनायत हो जाए तो फिर अब्दुल कादिर तो भी तकरीर करेगा अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा ने कहा अपना मुँह खोलो हजरत आजम ने अपना मुँह खोला मेरे मुस्तफा ने लुआबे तहन लिया मर तबा डाल दिया लुआबे तहन का डालना आजम में कमाल पैदा हो गया जुनून पैदा हो गया अब मिल जाए मुझे तकरीर करने का मौका अब मिल जाए मुझे जलसा अब नहीं छोड़ूंगा अब तो तकरीर करनी है कितना ही बड़ा फसी आ जाए कितना बड़ा पलीग आ जाए कितना बड़ा स्पीकर आ जाए कितना बड़ा खतीब आ जाए कितना बड़ा लेक्चरार राजाए कितना बड़ा बाईस अल्लाह अल्लाह जैसे ही करके कह दिया हो सुबह दे में देखते हैं सारों की तादाद में लोग है अब पूछा किसी ने किधर जा रहे हो कहा अब्दुल चिलानी तक करेंगे अब्दुल चिलानी तक अल्लाह अल्लाह लोगों से कहा मैंने तो तुमको नहीं बुलाया है तुम किसकी तकरीर सुनने आए हो तो लोगों ने कहा था जिस नबी ने तुम्हें तकरीर करना सिखाया है उसी नबी ने तकरीर सुनने भेजा है तक बाबा नारे नारे विशालत नारे वो सियत ने हुजूर वो से आदम ने हुजूर वो से आदम ओलादे वो से आदम हजूर सैयद अफरोज मिया साहेब की बिला जिंद बहुत अच्छा बनवा मैं पांच मिनट हल्के हल्के बोलने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन ये गौसे आजम का फैजान अब जारी है वह चल के बोलो हाँ गौ आजम जब माइक से सत्तर सत्तर को आवाज पहुंचा सकते हैं तो क्या गौसे आजम का गुलाम तुम सबको इस माइक से नहीं पहुंचा सकता है कि? चल के बोलो सुबहानल्ला हजूर को मुस्तफ़ा ने लाजवाब कर दिया मैं बता रहा था दूसरा मकसद लिबास पहनने का यह है कि इंसान के, के जिसम की पर्दा पोशी हो जाए इंसान इसीलिए तो लिबास पहनता है ना कि उसकी शर्मगाहों की हिफाजत हो जाए उसकी शत्र पोशी हो जाए अब अगर हम इस मानी से अगर हम इस माने से इस आयत को लेंगे तो मतलब ये होगा ए लोगो जब तुम रिश्ते के बंधन में बन जाओ ऐ लोगो जब तुम रिश्ते अज्तबाजी में उनसे लिख हो जाओ जाओ तो तो तुम्हारा के के होना चाहिए जिस तरीके से लिबास पहनने बाद इंसान जिस्म की की जाती है तो फिर तुम तुम जब जब में आ जाओ, जब तुम निकाह तय करने लगो तो फिर तुम्हारे घरों की पोजीशन ये होना चाहिए कि बी -बी हो और बीबी मर्द के गुनाहों में पर्दा डाल उसकी निकाह की भी हिफाजत हो जाए उसके ईमान की भी हिफाजत हो जाए इसलिए निकाह किया जाता है, इसलिए निकाह किया जाता है हजार हजार को खाना खिलाने के लिए निकाह नहीं किया जाता है समझ रहे हैं आप हाँ अपनी बाबाई के लिए निकाह नहीं किया जाता है हैरत तो मुझे बड़ी तब हुई साहब अल्लाह अकबर कबीर अखबार में मैंने पढ़ा कि साहब निकाह हो गया था बारात में खाना खाया और चंद बारातियों के सामने कुछ गोश्त में कमी आ गई इसी पर तो मैं में हो गई अल्लाह अकबर जब हुई ये काम ख़त्म हो गया साहब बात यहाँ तक फैल गई पुलिस भी आ गई और बाद में डिबोर्स करवा दिया गया तलाक हो गई अल्लाह अल्लाह। क्या मुसलमान इसी काम का रह गया है क्या मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान है बिरयानी उड़ाने का मुसलमान है अरे मकसद क्या है अल्लाह अल्लाह। रिश्तों में तुम रिश्तों में निकाहों में किस चीज़ को फोकिया दे रहे हो दुनियादारी को मत अपनाओ यार ये दुनिया ख़त्म होने वाली है मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें जो तरीक़े बताए हैं उन तरीक़ों को तुमने अपने आप में लाना होगा अपने अंदर इनकलाब पैदा करना होगा अल्लाह मुस्तफ़ा की महफिल लगी हुई है एक सिबी आ गए अर्ज़ करते हैं यार सूरल्लाह क्या कालो क्या काले जन्नत में नहीं जाएंगे आजकल के बोलो क्या काले जन्नत में नहीं जाएंगे अल्लाह All अल्लाह All मेरे मुस्तफा ने शाद फरमाया जिसने ला इला मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा उसका खात्मा ईमान पर हो गया उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा जिस वक्त मक्का फतह किया गया और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया फिलहाल काबे पर खड़े हो जाओ आसान दो लोगों ने कहा था क्या दिन आ गया है अरे ये चिंता करने के लिए रह गए थे बिल मक्का काबे पे चढ़ा है अल्लाह लोग शिकारत की नजर से देख रहे थे लोग सोच रहे थे लोग बिलाल के चेहरे को देख रहे थे लोग बिलाल की रंगत को देख रहे थे अल्लाह लेकिन उन्हें मालूम नहीं था उनका दिल इसके रसूल का पदीना बन चुका था मेरे मुस्तफ़ा ने जब इतना सुना लोग बिलाल को काला कर रहे हैं उनपे ताना जमी कर रहे हैं आज इस्लाम को आज इस्लाम परुमाई कर रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा थोड़े परेशान हुए कुरान की आयत नाजिल हो गई इतना अच्छा के नजदीक अच्छा रंगत से नहीं होता है मालदारी से नहीं होता है खूबसूरती से नहीं होता है फिर कहा किस चीज से अच्छा होता है तो अल्लाह जो अल्लाह से ज्यादा डरता है वाह वाह मे, मेरे हबीब का गुलाम फिलहाल है उसकी रंगत को मत देखो उसके इश्क को देखो इश्क ये इस्लाम ने फर्त को खत्म किया है बहुत सारे लोगों से हम कहें भाई अपने अकीदे का नहीं है तो नमाज मत पढ़ियो। हजरत मक्का में भी ना पढ़े मदीना में भी ना पढ़े ये क्या कहा की बाद? ये कहा की बात है मस्जिद में नमाज पढ़ना है आप एक बात बता दो मस्जिद में आप नमाज पढ़ना है और जमात के साथ पढ़ना है मस्जिद को नहीं इमाम को देखा जाएगा इमाम को देखा जाएगा अगर इमाम मवई ढोल का हो और अहले सुन्नत नमाज से ताल्लुक रखता हो दुनिया के हर मुसलमान की नमाज उसके पीछे और अगर इमाम बदअकीदा हो चाहे मक्का का हो मदीना का हो दुनिया के किसी भी खत्ते का हो नमाज नहीं हो सकती इसलिए नमाज के लिए शर्त है मुख्त और इमाम का एक अकीदा होने पर, अगर इमाम इसमें रसूल में डूबा हुआ है उसे अपने सरों का और आँखों का इमाम बना लो अगर मुस्तफा का है, अपनी पैर की नोक से उसे उड़ा कर फेंको नारे नारे जरत फैजान आला हजरत औला देम सैद अफरोज मिया साहिब किबला बाबा इसीलिए कर मक्का कर रहने वाला हो तो उसे गुलाम क्या बात है अब जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहारा नारा तो वही है जो चपरेली के इमाम का नारा है यार रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना ना रखा खैर से काम तुम्हें दुनिया से मुसलमान इमाम, देखो इमाम है, या या क्या काले जन्नत में नहीं जाएंगे मुस्तफा ने फरमाया जिसने कालो के नसीब में बीविया नहीं है एक सवाल यह कर दिया क्या कालो के नसीब में शादियां नहीं है ए मेरे गुलाम मुस्तफ़ा के दर पे कोई आया है तो खाली लौट के गया है क्या ऐ मेरे गुलाम क्यों नहीं क्या हुआ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने चंद सहबा से कहा शादी के लिए रिश्ते के लिए किसी ने किसी ने भी उस पर तोज्जो नहीं दी मैं सियारंगत रंगत कहूँ मेरे चेहरे पे कुछ दाग हैं क्या यारसोल्ला मेरे नसीब में मेरे नसीब में बीवी नहीं है आका नेत फरमाए महफिल में क्या अमर बिन वहाब महफिल में मौजूद है, है? है, है, है। मुस्तफ़ा की रहमत जोश में है अल्लाह अल्ला क्या वहाज तो वो नहीं आए हैं फरमाया है मेरे गुलाम चाह अमर बिन वहाब के पास जा उसके घर पे दस्तक देना और जाके कहना मुस्तफ़ा ने भेजा है और मुस्तफा ने तुम्हारी बेटी का निका मेरे साथ कर दिया है कौन अमर बिन तो से नहीं किरदार से भी खूबसूरत गए डरते डरते दस्तक थी तू असल हुई बिठाला आते समय कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया आयाचल के बोलो मुस्तफा ने भेजा है सुन के चेहरे के रंगत को देखा आग बगुल हो गई मेरी बेटी जिसकी जमाने में शोहरत है बागबाजी की जो अपने नेचर में भी आला है जो अपनी ब्यूटी में भी आला है अल्लाह घर से बगा दिया ये सियाबी नीचे को मुँह करे हुए मायूस होके मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में चल देते हैं इतनी बेटी ये बात उन सिहाबी की बेटी भी सुन रही थी तोड़ते तोड़ते अपने बाप, बाप, बाप के पास आई अमरबेन के बाप भाप भाप भाप के पास हो गया के बोले? बेटी, तुम्हें मालूम नहीं है वो क्यों आया था हाँ मेरे अब्बा जान मैंने सुन लिया है क्या सुना है तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था क्या कहा यारसूल अल्लाह वापस कर दिया क्यों मैंने, मैंने, मैंने अले, अले, अले, अले, अले, अले, अले, क्या, कहा? क्या कहा? कहा कहा मैंने वापस कर दिया क्यों बेटी तुम्हें मालूम नहीं है बहुत काला है गुलाम है रहने के लिए मकान नहीं है अल्लाह बेटी ने कहा बाबा उसकी रंगत को क्यों देखते हो उसके चेहरे पे जो ताग है उन ताको को क्यों देखते हो उसकी गुर्बत को क्यों देखते हो तो बाप ने कहा था बेटी फिर रिश्ते में क्या देखूं तो बेटी ने कहा था बाबा ये मत देखो ये देखो भेजा किसने, बाबा, बाबा। भेजा किसने? अल्लाह अल्लाह बेटी ने कहा बाबा जल्दी से दौड़ के जाओ कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बारे में कोई आयत नाजिल हो जाए हमारा पेड़ गर्क हो जाए रसूलुल्लाह नाराज हो गए दुनिया बर्बाद हो जाएगी आखिरत बर्बाद हो, हो जाएगी कहा बेटी क्या तुम राजी हो हाँ बाबा राजी हूँ कि किस बात पर राजी हो फिर इस बात पर राजी हूँ उस ने भेजा है उस ने भेजा है अल्लाह अल्लाह ऑक्सफोर्ड यूनिव में नहीं पड़ी थी वो बेटी वो ब्रिटिश में नहीं पड़ी थी मुंबई की, उसने। उसने उसने तो की सीरत को पढ़ा था मुस्तफा के ने किरदारे सबी तोड़ते हुए वो सियाबी मुस्तफा की बार में पहुंच गए और ये सिया तोड़ते तोड़ते आए या रसूल अल्लाह माफ आ रही रसूल्लाफ कीजिए या रसूल अल्लाह माफ कीजिए फरमाया क्या क्या हमारे को वापस किया है? क्या तुमने हमारे को वापस किया किया है है तुमने माफ माफ कर माफ कर दीजिए दीजिए गलती हो गई मेरे तुम राजी हो या राजी क्या बेटी से पूछ कर आये हो क्या बेटी की रजा दी है क्या बेटी की खुशनती हासिल की है अर्ज करते है यार रसुल्ला खुद नहीं आया हूँ बेटी ने भेजा है बेटी या रसूल अल्लाह वो तो यही कह रही है मुझे दुनिया से मतलब नहीं मुझे जीना है तो नबी की इश्क में जीना है, भा, भा, भा। है तो नबी के इश्क में मरना है अल्लाह अल्लाह निका तय हो गया पढ़ा दिया गया जब मिलने की बात आई मुस्तफा ने फरमाया जाओ अपनी नई नबीली दुल्हन से मुलाकात करके आओ शरपे मुलाकात हासिल करो या रसूल मेरे पास मेहर भी नहीं है देने के लिए कितनी गुर्बत है अल्लाह या रसूल मेहर कैसे अदा करूंगा फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे तीन गुलाम तुम्हारा महर अदा करेंगे उस्मान बिन अफान महर अदा करेंगे तो रहमान बिन ओब महर अदा करेंगे मोला अली हजरत अली महर अदा करेंगे अल्लाह अल्लाह महर के लिए गए महर लिया महर से जाह कुछ रकम दी जब जाद रकम आई तो सोचा बीबी -बी के लिए शॉपिंग कर लो फर्स्ट मुलाकात है कुछ बीबी -बी को गिफ्ट दे दिया जाए मार्केट जा रहे है गुलाम रसूल मार्केट जा रहे सिलास्ते में ही थे मुलाकात है, है।, है। शॉपिंग करने जा रहे है अल्लाह अल्ला, इसके रसूल दिल में था ना अल्लाह अकबर कबीरा सारी उमंगों को पहली मुलाकात कितनी तमन्नाए दिल में दफन किए हुए उस मुलाकात को छोड़ देते हैं तारक मार की पहुंचते हैं एक घोड़ा खरीदते हैं तलवार खरीदते हैं जंग की तैयारी है टीवी से नहीं मिलना है अल्लाह अल्ला, इस्लाम की राह में जाना है तीन को बचाना क्या है बाबा इस दुनिया से मोहब्बत नहीं है मोहब्बत है तो मुस्तफ़ा से है मोहब्बत है तो रसूल से है अल्लाह अकबर कबीरा तलवार घोड़ा खरीद लिया और खरीदने के बाद में चल दिए मुजाहिदीन किस में खड़े हो गए इस डर से कोई पहचान न ले चेहरे पर रुमाल बांध लिया यार आज अगर ऐलान हो जाए तो चांद बचाने के लिए घर में बीमार पड़ जाओगे का बहना ले दोगे पी पी का बहाना ले दोगे हजरत ये प्रॉब्लम है हजरत ये प्रॉब्लम है लेकिन इसके रसूल तो देखो अल्लाह चेहरे से कपड़ा बांध लिया कोई मुझे पहचान न ले अगर मुस्तफ़ा ने पहचान लिया मुस्तफ़ा मुझे जहाज से रोक देंगे मुझे चंग से रोक देंगे मेरी के पास मुझे भेज देंगे अल्लाह अल्लाह चेहरे पर कपड़ा बांध लिया आसना में जिहाद में चले गए चंग शुरू हो गई तलवार चला रहे है नचाने कितने काफिरों को वासी मुस्तफ़ा की नजर मेरे मुस्तफ़ा की नजर अपने पर पड़ी मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलाम मैंने तुझे पहचान लिया है अरे लड़का पढ़ता रहे पढ़ता रहे अल्लाह बहुत देर हो गई न जाने कितने काफिरों को वासी जहन्नम कर दिया एक वक्त वो भी आया काफिरों ने काफिरों में मुस्तफा के गुलाम पर हमला कर दिया अल्लाह अल्लाह गुस्तफ़ा का गुलाम नीचे गिरा आ, और मुस्तफा का गुलाम जब नीचे गिरा मेरे मुस्तफा भी मौजूद हैं मुस्तफा के गुलाम के चेहरे पर खून खून छनक रहा है मेरे मुस्तफ़ी आगे बढ़ते हैं आगे आए और अपने गुलाम को उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं अपनी गोद में ले लेते हैं मुस्तफा के पास एक कपड़ा था मुस्तफा ने उस कपड़े से अपने गुलाम के चेहरे को पहुँचना शुरू कर दिया गुलाम की का आप कैसे हो जिसका मेरे रहे जो अरे सारी कायनाफा के सारी कायनात मुस्तफ़ा के कब्जे में है लेकिन मुस्तफ़ा का गुलाम मुस्तफ़ा की गोद में पड़ा है एक मकान तुमने वो भी देखा जहाँ मेरे मुस्तफा अली के गोद में है आज दुनिया ने ये मकाम भी देख लिया। एक मेरे मुस्तफा की आ, में। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, मेरे मुस्तफा ने जब उसको देखा मुस्तफा ने उसकी आंखों, उसके चेहरे को से को पहुंचा, और मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू निकलने लगे मेरे मुस्तफा रोने लगे अल्लाह मुस्तफा मुस्तफ़ी जब रोने लगे सहाबी देख रहे हैं मुस्तफ़ी रोते हैं जन्नत के हूरें रोती हैं मुस्तफा रोते हैं चांदो सूरज रोते हैं मुस्तफा रोते हैं तो दुनिया की अल्लाह की हर मखलूक रोती है मुस्तफा का रोना कोई आम रोना नहीं है अल्लाह मेरे मुस्तफा रो रहे हैं और रोते रोते मेरे मुस्तफ़ी अचानक मुस्कुराने लगे और जब मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्तफ़ी ने अचानक अपना चेहरा भी फेर लिया एक सहाबी वहीं पर खड़े हैं एक सहाबी ने अर्ज़ किया यार रसूलल्लामा समझ में नहीं आया आप तो रो रहे फिर मुस्कुराने लगे फिर आपने अपने चेहरे को फेर लिया इसलिए रहा था मेरा मुलाकात थी अपनी बी -बी से मिलने के लिए जा रहा था, अपने सुकून को छोड़ दिया और मेरे दीन की खातिर इस्लाम की खातिर जान का नजराना पेश कर दिया मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए या रसूल के लिए रो क्यों रहे हैं या रसूल है फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं फरमाया मुस्कुरा इसलिए रहा हूं। आज ये से जंग करते हुए पानी नहीं मिला है लेकिन मेरा जैसे अपने खुलाम के इस मकाम और को देखा तो फिर मैं मुस्कुराने लगा अल्लाह फिर आपने चेहरा क्यों फेर लिया आका ने इसलिए फेर लिया जब मेरा गुलाम शहादत फरमा चुका तो फिर हु इसकी तरफ की तोड़ तोड़ कर आ रही थी भाग रही थी तो उनकी पिंडलियों से कपड़ा हट गया मुझे उनकी पिंडलियाँ दिखाई दे गई मैंने उनसे शर्मा हया से अपना चेहरा फेर लिया और आपने शाद फरमाया मेरे सहाबत सुनो ये मेरे गुलाम के कपड़े मेरे गुलाम का घोड़ा मेरे गुलाम की तलवार उसकी बीवी को दे दो और ये कह दो मेरे गुलाम को अब दुनिया भी हो की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने चन्नत में ने में उसका कर दिया। नारे नारे नारे अहले जरत फैजान आला हजरत फैजाने आला हजरत, मजहब इस्लाम अजमत मजहब इस्लाम औलाद वो से आजम सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबरा जिंदाबाज जिंदाबाद वाह वाह अल्लाह अल्लाह तो यार गुलामी हो तो ऐसे गुलामी हो हमें अपने ईमानों पे देखना होगा हमें खंगालना होगा अपने आप को खंगालना होगा नहीं होगा हमें अपने जमीरों को जगाना होगा जमीरों को जगाना हर घर का माहौल बड़ा अजीब सा है हमारे यहाँ शादियां होती है बड़ी अजीब खुराफाते हैं बड़ी अजीब खुराफाते बड़ी अजीब खुराफाते अल्लाह हमारी किसी भी मां बहन के, के सरो पर दुपट्टा तो नहीं होता है किसी के पूरे कपड़े नहीं होते हैं मच्छरदानी की आस्थिनें होती हैं हमें मालूम है ना जब मेहंदी यहां तक लगाई है तो भाई कपड़े पूरे क्यों पहन रहे बताइए जब ब्यूटी पार्लर में फेशियल के पांच हजार रुपए दिए तो फिर चेहरे पर नकाब क्यों होगा जब बालों पर डाई की है बालों पर डाई की है और कई कई हजार रुपए लगाए हैं तो फिर बालों पे दुपट्टा तो क्यों हो सकता है तुमसे पूछना चाहूंगा क्या आसमान से नाजिल हुई हैं ये लड़कियाँ ये माहौल हमारे घर में आया कैसे कोई गैर है नहीं नहीं कोई हमारी बहन है कोई हमारी बेटी है कोई हमारी बीवी है कोई हमारी भांजी है कोई हमारी भतीजी है बाप भी मौजूद है भाई भी मौजूद है बेटा भी मौजूद है मामा चाचा जितने रिश्तेदार हैं सब मौजूद है वो सबकी आंखें फटे की फटी रह गई सबकी हमीयत मर चुकी है सबका जमीर सो चुका है किसी को फिक्र नहीं है बारात आए के लिए खड़ी है इस्ते फूल है हाथों में बीस बीस तीतीस ती, ती, ती, ती। लड़कियां हर बारात का माहौल है भाई पूछा क्यों क्या इस्तेवाल होगा दूल्हा का इस्ते क्या जवान लड़कियां दूल्हा का इस्ते करेंगे बालों में तरह तरह के फैशन मेकअप लेकिन माँ अपनी बेटी को मा कैसे समझाएगी माँ तो बेटी से आगे है जहाँ बेटी ए, घंटे में ब्यूटी पार्लर से निकलती है माँ तो खुद दो घंटे में बाहर आ रही है माँ बेटी गई शादी में किसी ने बुजको ने बेटी है लगता तो है ना रही? दोनों बहने बहने लग रही हो फिर थोड़ी साहब इसके तो फेरोस्मत तो तो की महाराज हो गई अपने शोहर से है बहने बहने बता रहे यार ये माहौल हमारे घरों में है अरे माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मकतब है पहला मदरसा है मदरसे में बच्चा बाद में सीखता है पहले माँ सिखाती है माँ हमारे घरों का माहौल आधे आधे कपड़ों में गैर महरमों का इस्तेमाल हमारे यहाँ की खबीन करें फिर कोई मैटर हो जाए कोई भाग जाए या कोई दूसरा मैटर हो जाए दिया। दिया। करवा दिया हजरत उसने चक्कर चलवा दिया हजरत यह करवा दिया हजरत उसने करवा दिया एक बात कह कपड़े पहनती है तो हमीयत कहा हम गई। जब कपड़े पहनती है, तो मेरे भाई तेरा समीर कहाँ मर गया जब माँ आधे कपड़े पहनती है मेरे जवान बेटे फिर तेरा समीर कहाँ से हो गया अगर अपने घरों में सुकून चाहते हो तो दुनियादार का बल्कि फातिमा शहरा का आइडियल पढ़ा लो दुनिया बालों को बता दो हमारी बेटिया तस्लीम नीम जैसा हमारा का फॉलोवर नहीं है बल्कि फातिमा शहरा किसी रंग की, की फॉलोवर है